ए सी नहीं वो वो ठीक है अभी. तो? सॉरी एसी नहीं चल रहा है ना इसलिए जा कुत्ते. संभाली आई ना अरे भाई कैसे हो सब कुछ ठीक तुझे क्यों बताऊं? आपने खाना खाया ठीक से तुझे क्यों बताओ जाओ चेंज तो करने दो। अरे मिश्रा जी जी, घबराने की कोई बात नहीं है। कहीं काम ऐसे हैं हैं, हैं, जो एक भी भी हो सकते समझे? बेटा, जी के साथ खेलो। गुप्ता छुपे बाहर आ जाइए। पे इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है पाँच हजार का बेड़ भाई तीन सौ में देना है पाँच में लेना है चलो तो वह निकलो अरे